ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के कबीर की जो दिल्ली में नीट की तैयारी कर रहा था वो रोजाना सुबह शाम अपनी स्टडी में खोया रहता था जिसकी वजह से कबीर अपने बैच के टॉपर्स में से एक था लेकिन हर महीने की पहली तारीख आते ही कबीर टाइम पर फीस सबमिट न कर पाने की वजह से क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था ताकि फीस के लिए सर सबके सामने उसे न टोके पर एक दिन कबीर अपने सर से बोलता है सर मैं कल से ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा पर क्यूँ कबीर क्या बात है बताओ मुझे सर दरअसल मेरे पापा की नौकरी चली गई है जिसकी वजह से मैं फीस नहीं दे पाऊंगा इसीलिए बस इतनी सी बात है इसके लिए तुम्हें कोचिंग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कल से रोजाना आना है अपने सर की बात सुनकर कबीर थोड़ा भावुक हो गया और दिन रात नीट की तैयारी अच्छे से करने लगा अपने सर और उनके सपोर्ट की बदौलत कबीर ने बहुत अच्छे नंबरों ऐसी नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया